जैव विविधता और की खूबसूरती से भरपूर मेघालय महज पर्यटन स्थल भर नहीं है बल्कि यहां के जैविक कृषि उत्पाद देश दुनिया में खास पहचान बना चुके हैं बीते कुछ सालों से मेघालय विदेशी फल स्ट्रॉबेरी उत्पादन के क्षेत्र में उभर रहा है मेघालय के री और ईस्ट खासी हिल्स जिले में बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है मेघालय में स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत सबसे पहले सोहलिया गांव के प्रगतिशील किसान ओ लिनखोई ने की आज मेघालय की राजधानी शिलोंग से करीब पैंतीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव स्ट्रॉबेरी गांव के नाम से खास मुकाम पा चुका है ओ लिनखोई बताते हैं कि 2002 में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और राजधानी शिलोंग जाकर इसे बेचना शुरू किया राज्य और केंद्र सरकार के संज्ञान में आने पर लिनखोई को टेक्नोलॉजी मिशन के तहत मदद मिली राज्य सरकार ने तकनीक प्रशिक्षण और स्ट्रॉबेरी के पौधे किसानों को उपलब्ध कराए और आज स्थिति यह है कि सोहलिया के कुल अड़सठ परिवारों के 500 से ज्यादा लोग स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ चुके हैं पहले यहां सिर्फ धान आलू और अन्य सब्जियाँ उगाई जाती थी लेकिन अब पारंपरिक खेती के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाने से यहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा है स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार ने 2004 में उमसनिंग में देवलिया फार्म की स्थापना की इसके साथ ही यहां सी टू सी एग्रीकल्चर बिजनेस की शुरुआत हुई यह व्यापारिक दृष्टिकोण ऐसी काफी सफल मॉडल बनकर उभरा यहाँ समय समय पर कई प्रयोग भी होते हैं ताकि किसानों को हर संभव मदद मिल सके इंडिया में तो हमारा होलसेल खली गुवाहाटी है और गुवा से डिग्बॉय जोराट कलकत्ता दिल्ली भेजता है और डिस्ट्रिक्ट में कम से कम ऐसा कम से कम दो तीन त्रीस टू तो चालीस टन हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग और हम लोग के पाँच महीना है दो हजार सात में क्षेत्रीय विकास और स्ट्रॉबेरी के बेहतर विपणन के लिए रीभोई स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स एसोसिएशन का गठन किया गया इस क्षेत्र के किसान पोस्ट हार्वेस्टिंग ग्रीडिंग और मार्केटिंग जैसे कार्य एसोसिएशन के तहत कर रहे हैं साल 2010 में रूरल बिजनेस हब की स्थापना की गई। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी के साथ मिलकर रिभोई स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स एसोसिएशन के जरिए स्ट्रॉबेरी किसानों को लाभ पहुंचा रहा है 2008 के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिले लोन की मदद से यहां स्कूल भवन कोल्ड स्टोरेज और स्ट्रॉबेरी गोदामों का निर्माण किया गया है जिसका असर क्षेत्र के विकास में साफ तौर पर देखा जा सकता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी आईसीएआर स्ट्रॉबेरी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके तहत स्ट्रॉबेरी का उत्पादन सीजन खत्म होने पर भी किया जा सकता है मेघालय सरकार और रिभोई स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स एसोसिएशन ने हर साल वैलेंटाइन डे पर स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाने की शुरुआत की है जिसमें स्थानीय लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है सोहलिया गांव गांव के के के स्ट्रॉबेरी बनने बाद, अब इको एडवेंचर टूरिज्म क्षेत्र में भी यह स्थान खासा पहचान बना चुका है इसके तहत पर्यटकों के लिए माउंटेन बाइकिंग ट्रैकिंग जिप लाइनिंग पेनबॉल शूटिंग रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियाँ यहाँ होने लगी है इसके अलावा गांव में ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई है जहां जहाँ परिवार आकर रुका जा सकता है तो आपने देखा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं और तकनीकी मदद से किस तरह ऐसी जनजातीय लोग न सिर्फ स्ट्रॉबेरी उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि पर्यटन मानचित्र में भी यह सुदूरवर्ती क्षेत्र उभर रहा है